लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा घोड़े की दुम डुम जो मारा तोड़ा तोड़ा दौड़ा दौड़ा घोड़ा दुम उठा के दौड़ा दौड़ा दौड़ा दौड़ा घोड़ा दुम उठा के दौड़ा घोड़ा पौचा चौक में चौक में तनाई घोड़े जी कि नाई ने हजामत जो बनाई चगभक चगभक चौक बक चौकपक घोड़ा पोचा चौक में चौक में तनाई घोड़े जी की नाई ने हजा बनाय दौड़ा दौड़ा दौड़ा घोड़ा दूम उठा के दौड़ा लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा घोड़े की दुम पे जो मारा तोड़ा दौड़ा दौड़ा दौड़ा घोड़ा दूम उठा के दौड़ा दौड़ा दौड़ा दौड़ा घोड़ा दूम उठा के दौड़ा घोड़ा था मंडी पहुंचा सब्जी मंडी सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी बर्फ में लग गई ठंडी चकबक चकबक घोड़ा था मंडी पहुँचा सब्जी मंडी सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी बर्फ में लग गई ठंडी धूम दुबा के घोड़ा दौड़ा धूम दबा के घोड़ा लकड़ी की काट घोड़ा अपना तगड़ा है देखो कितनी चर्बी है चढ़ता है मेहरोली में पर घोड़ा अपना अरवी है चकबक चकबक, चकबक चकबक। घोड़ा अपना तगड़ा है देखो कितनी चर्बी है चढ़ता है मेहरोली में पर घोड़ा अपना अरवी है दुम दबा के दौड़ा घोड़ा दुम दबा के दौड़ा लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा घोड़े कि तुम तेजो मारा हाथौड़ा दौड़ा दौड़ा दौड़ा घोड़ा तुम उठा के दौड़ा दौड़ा दौड़ा दौड़ा घोड़ा तुम उठा के